वर्षों के तैराक थे जो कुछ लम्हों में डूब गए दरियाओं के मालिक थे जो कतराओं में डूब गए और अपनी मंजिल तक जा पहुंचे सीधे साधे लोग झूठी शांत दिखाने वाले सब कर्जों में डूब गए